वारियर्स। लेखक नरेंद्र बुक्स। नरेंद्र मोदी, मोदी विश्व की सबसे बड़ी लोकतंत्र भारत के प्रधानमंत्री हैं उनके नेतृत्व में उनकी पार्टी को 2014 में लोकसभा चुनाव में ऐतिहासिक पूर्ण बहुमत मिला जो भारतीय राजनीति में तीन दशकों से किसी भी दल को प्राप्त नहीं हुआ था उनकी इस जीत के पीछे भारत के युवा विशेषकर पहली बार मतदान करने वाले युवाओं का ऐतिहासिक योगदान था प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी ने अर्थव्यवस्था और सामाजिक क्षेत्रों में कई महत्वपूर्ण बदलाव किए जिससे भारत की विकास यात्रा की गति और व्याप दोनों अभूतपूर्व रूप से बढ़े है शिक्षा का क्षेत्र नरेंद्र मोदी को अत्यंत प्रिय है वे युवाओं के प्रेरणा स्रोत है हर महीने प्रसारित होने वाला उनका रेडियो कार्यक्रम मन की बात समाज के लोकप्रिय इसी कार्यक्रम के माध्यम से उन्होंने परीक्षा की तैयारी करने विद्यार्थियों के साथ पहली बार वर्ष 2015 में फिर वर्ष 2016 में और वर्ष दो में संवाद किया इससे पहले नरेंद्र मोदी वर्ष दो हजार एक तक गुजरात के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं उन्होंने भारतीय जनता पार्टी में महासचिव संगठन समेत कई महत्वपूर्ण का भी निर्वहन किया है लेखन पढ़ना और लोगों के साथ संवाद नरेंद्र मोदी को बहुत पसंद है सोशल मीडिया पर वे बेहद लोकप्रिय हैं और सबसे ज्यादा फॉलो किए जाने वाले नेताओं में शामिल हैं। वे सोशल मीडिया और नरेंद्र मोदी मोबाइल ऐप के माध्यम से भी लोगों के साथ जुड़े रहते हैं विषय सूची पहला लेखक के कलम से और इस पुस्तक में को तो 25 मंत्रों के रूप में 25 अध्यायों में लिखा हुआ है जिसमें से से पहला मंत्र पहला मंत्र यानी कि अध्याय परीक्षा एक उत्सव उमंग और मनाएं दूसरा परीक्षा आपकी अभी की तैयारियों की है पूरे जीवन की नहीं मस्त रहे नंबर तीन हंसते हुए जाइए मुस्कुराते हुए आइए चौथा मंत्र है वारियर बने वियर नहीं पांचवा है है है है ज्ञान स्थाई इसे ही लक्ष्य बनाइए छठा प्रतिस्पर्धा नहीं सातवां मंत्र मंत्र समय आपका सदुपयोग कीजिए के रूप में वर्तमान ईश्वर का सर्वोत्तम उपहार वर्तमान में जिये नवा मंत्र है टेक्नोलॉजी से पढ़ाई रोचक और सरल इसे आजमाएं दसवा मंत्र है करना है बेहतर काम तो करें पर्याप्त आराम ग्यारह मंत्र के रूप में अच्छी नींद सफलता का मंत्र अध्याय जो खेलें, वो स्वयं को जानिए अपनी क्षमताओं पर गर्व कीजिए चौदह अभ्यास से बढ़ेगा आत्मविश्वास पंद्रहवा मंत्र है बातें छोटी असर पड़े परीक्षा के अनुशासन का पालन कीजिए सोलहवा मंत्र है आपकी परीक्षा आपके तरीके आप अपनी शैली अपनाए सत्रहवाकरण महत्वपूर्ण है पारंगत बनिए। अकल को हां हाक्ल को ना। उन्नीस उत्तर पुस्तिका आगे बढ़ चुकी है आप भी आगे बढ़ें। जीवन को जानें स्वयं को पहचानें। इक्कीस अतुल्य भारत भूमि और और है। एक यात्रा समाप्त, दूसरी शुरू। मंत्र मंत्र कुछ कुछ बनने के नहीं, कुछ करने के सपने और मंत्र के नहीं, करने सपने रूप में वे हैं इसलिए आप हैं कृतज्ञ रहे पच्चीसवा मंत्र है योग तंदुरस्त शरीर और तेज दिमाग की चाबी इसे अपना है और लास्ट में अभिभावकों और शिक्षक के नाम पर पत्र हैं और सबसे अंत में योगासन पर एक विस्तृत अध्याय इसमें दिया हुआ है